रे हा रे ढोलक बाज नगरिया बाज बजे है झूला रे हावे हावे सुनो तो मिला हाँ क्या बात है, क्या बाज के नहीं, भक्त है लाखों में एक दो तीन नहीं, नहीं, सुन सुन भक्त है लाखों में लाखों में है करी चल रही बना आराम के लेकिन के केमरिया में बेटी है मै रे केमरिया में बैठी है मैारे पार लगा रही मै रे केमरिया में बैठी है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 रे रे रे और और के के मिला मिला चली चली तो देखो जिंदी जब बोरी ले यार मेरा नहीं ओर ये मेरा संप्रभात का मैंने तो चल लिया है तो क्या करेगा है है